देखिए, इस प्रश्न में हमको सिद्ध करना है क्या सिद्ध करने है कोण ए बी डी बराबर है कोण ए सी डी दिखाई दे रहा है और इसमें बताया है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है देखिए जिन भुजाओं के ऊपर एक प्रकार के अगर चिन्ह खींचे जाए तो समझ लेना कि बराबर है जैसे भुजा ए बी के और ए सी के ऊपर एक लाइन खींची गई मतलब की ए बी और ए सी क्या है बराबर है और बी और सी के ऊपर दो दो लाइन खींची गई इसका मतलब है कि बी और सी बराबर है है ना हमें अब यह नहीं कहेंगे कि ए बी के बराबर है या फिर ए सी के बराबर है ऐसा नहीं कह ठीक ना ठीक है चलिए हमें दिया क्या क्या हम पहले ये वो लिख लेते हैं दिया है त्रिभुज ए और त्रिभुज डीबीसी दो समिबाहू त्रिभुज है ठीक ना? समिबाहू त्रिभुज है जिनका आधार क्या है बी सी है ना, ना। अब त्रिभुज ए में दिया है भुजा ए बी बराबर ए है ना यहाँ पर लिख लेंगे दिया है दिक्कत समिबाहू त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं है ना तो यानी कि एबीसी त्रिभुज में ए बी और ए सी यदि बराबर हैं तो ए बी के सामने का कोण और एसी के सामने कोण बराबर होगा कि नहीं होगा ना क्योंकि हो हाँ। समिबाह त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं है ना, ना। इसलिए ए बी के सामने का कोण ए बी के सामने का कोण क्या हो जाएगा ए सी बी पूरा लिखेंगे जब एक ही बिंदु पर दो या दो से अधिक कोण हो तो हम कोणों का नाम लिखेंगे ना कि केवल उस बिंदु का नाम लिखेंगे बात समझ में आई यदि क्यों तुम सी लिखोगे तो ये समझ में नहीं आज किस कोण की बात किया जा रहा है इसकी बात किया जा रहा है किसकी बात किया जा रहा है कि टोटल की बात किया जा रहा है समझ में आई ना तो सी बिंदु पर हमारे पास तीन कोण बन रहे हैं एक तो ए सी बी डी सी बी और ए सी डी इसलिए हम नाम लिखेंगे बात समझ में आई हाँ तो ए बी के सामने का कोण कोण ए बराबर ए के सामने का कोण ए के सामने कोण क्या हो जाएगा बी सी सी अर्थात कोण एसी बराबर कोण ए समीकरण नंबर एक है ना अब त्रिभुज डीबीसी में ठीक ना डी बी सी में दिया है बी डी बराबर सी डी है ना ये दिया है कोई दिक्कत नहीं इसलिए डी बी बी डी के सामने का कोण क्या हो जाएगा कोण डी सी बी है ना बी डी के सामने का कोण डी सी बी बराबर सी डी के सामने का कोण सी डी के सामने का कोण क्या आ जाएगा कोण डी बी सी है ना कोई दिक्कत नहीं को ब्रैकेट में कर लेते हैं यहां पर भी ब्रैकेट में कर लेते हैं है ना अर्थात कोण बराबर कोण डी सॉरी डी बी सी है ना समीकरण नंबर दो ठीक है अब समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर है ना ए सी बी ए सी बी डी सी बी ठीक है समीकरण एक और समकोण दो को जोड़ेंगे तो देखिए दायां पक्ष में दायां पक्ष जुड़ता है बायां पक्ष में बायां पक्ष जुड़ता है तो ए बी सी एबीसी के साथ डी बी सी जुड़ेगा और ए सी बी के साथ डी सी बी जुड़ेगा तो क्या जाएगा, A, C, B हो जाएगा कोण ए सी बी बराबर नहीं सॉरी प्लस होगा ना भाई प्लस कोण डी सी बी बराबर कोण ए बी सी प्लस कोण डी बी सी है ना? ना अब हम जानते हैं हमको क्या क्या पता है देखो ए सी बी और डी सी बी इन दोनों को जोड़ेंगे ए बी सी और डी बी सी तो कोण क्या मिलेगा ए बी डी मिलेगा ना? ना और उसी प्रकार ए सी बी और डी सी बी को जोड़ेंगे तो कोण मिलेगा ए सी डी या लिख सकते हैं यहां पर इनके बराबर क्या लिख सकते हैं एबीसी और डीबीसी बी के जगह पे लिख सकते हैं कोण ए बी डी बराबर अब इनकी जगह पे एबीसी e, प्लस इसकी जगह पर क्या लिखते हैं कोण ए सी डी यहां पर लिखेंगे क्योंकि कोण एसीबी प्लस कोड डीसी बराबर कोण ए और कोण सी प्लस कौन डी बराबर कोण क्या हो जाएगा ए सी टी नहीं यारिख रहे दिख रहे ना? के हो गया